टाइगर स्टेट में एक टाइगर का शिकार किया गया है पिपरिया में पेंच नदी में एक बाघ का शव मिला है जिसके पंजे काटकर शिकारी ले गए वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जांच की वन विभाग वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह मना रहा है इस बीच बाघ के शव के इस तरह मिलने से वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल निशान खड़ा हो गया बाघ का शव मिलने से इलाके में हड़कम्प मच गया है फिलहाल मौत की वजह सामने नहीं आई है बाघ की उम्र दो ऐसी तीन साल की है अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाघ की मौत सामान्य नहीं इन क्षेत्रों में कुछ मछुआरे नदी में करंट फैलाकर मछली पकड़ते हैं और कुछ किसानों ने भी अपने खेतों को वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए करंट लगा रखा है जिसको लेकर वन विभाग हर एंगल से इसकी जांच कर रहा है वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट